आज आपका बहुत बड़ा स्वागत है, है। सो तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपने वीडियो फाइल को आप ऑडियो फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो वीडियो हम बने रहे एंड तक और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे प्रेस करके चलिए वीडियो करते शेयर सोच में आ चुका अपने मोबाइल स्क्रीन पे मोबाइल स्क्रीन पाने आने के बाद सिंपली आपको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर सर्च वायप आ जाना है सर्च वापे आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर ऑनलाइन फ्री पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सिंपली नीचे स्कॉल करके आ जाना है नीचे स्कॉल करके आने के बाद सिंपली वीडियो टू एमपे ऑनलाइन कन्वर्टर पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट लगा और यहाँ पर सिम्पली कुछ अलग एनपे देखने में मिल चॉइस फाइल पर क्लिक करने के फाइल पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सिंपली आपको एक वीडियो ले लेना है लेने के सिंपली आपको यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है तो देख सकते हैं कन्वर्ट हो चुका है तो कन्वर्ट होने के बाद सिंपली कुछ घंटे मिल जाएगा आपको नीचे स्टोर आने के बाद डाउनलोड कर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है सो आई होप आपको वीडियो पसंद होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए बाय बाय